भोपाल अनुसंधान में बेर की 101 साल पुराने त्रिलोका वैरायटी के पेड़ आज भी सुरक्षित और संरक्षित हैं और इस वैरायटी के देश में सिर्फ पांच पेड़ ही है देश में एक सौ पच्चीस वेरायटी के बेर पाए जाते हैं जिसमें त्रिलोका वैराइटी के सिर्फ पांच पेड़ ही है इस वेरायटी की बेर का त्रिलोका नाम पड़ने की वजह यह है की नवामी दौर में इस्लाम नगर के मंदिर में त्रिलोका बेर के पौधे प्राकृतिक रूप से बनते थे चूंकि यह पेड़ मंदिर में लगे थे इस कारण ग्रामीणों ने ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रसाद मानकर इसका नाम त्रिलोका रख दिया आपको बता दें, बाकी किस्मों के मुकाबले यह देर से पकता है पकने के बाद यह बेर खाने में बहुत मीठा लगता है इस बेर को खाने से कैंसर डायबिटीज हृदय रोग किडनी से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। इसमें फाइबर ज्यादा होने से डाइजेशन अच्छा रहता है इस वैरायटी के बेर की डिमांड लखनऊ दिल्ली चंडीगढ़ हैदराबाद मुंबई से लेकर कोलकाता सहित देश के कई शहरों तक है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके के में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज